अरे हमको सुनने में आया तू तो सिगरेट पीता है नहीं तो मत हम कहा पियेंगे भैया भैया हम नहीं पीते भैया बाबू ठीक है ठीक है डरो मत ये सब गलत काम है सब नहीं करना चाहिए भैया हम आज तक छुए तक नहीं है भैया क्या बोल दिया आपको अच्छा लो दस रूपया मेरे लिए गर्लफ्रेंड ले, ले अच्छा भैया दो रूपया और दीजिए बारह रूपया का मिलता है। <laughs>